मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे कराले बदले ये दिलों के फैसले मन का मौजी इश्क तो जी अलि इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में मोला सीखे बिन सीखे बिन दे सीखा कैसा ये इस